हेलो फ्रेंड्स आज हम फिर से लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो धमाकेदार दोस्त मेरा नाम आकाश कुमार है।, है दोस्त आज हम आपके लिए बताएंगे की पुष्पा आज... को किसी ने फ्लावर समझ लिया था नहीं हमें बताना है की आज आप अपने फोल्डर में अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं वो हम लगा के दिखाएंगे आपके लिए बहुत ही शानदार नॉर्मल और अच्छी तरीके से आप छोटे बड़े मतलब जैसा भी फोटो हो हर तरह से आप छोटा या बड़ा फोटो ऐड कर सकते हैं किस में अपने फोल्डर में आप चाहते हैं किसी का प्रेम करना तो आपके हाँ लिए बताएंगे फोल्डर होता है अपने लैपटॉप या मोबाइल या किसी में उसमे अपना फोटो मतलब फोटो कैसे लगाते हैं उसमें तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए यही बताएंगे की अपने फोल्डर में अपना फोटो कैसे लगाते हैं एच बढ़िया एकदम शानदार क्वालिटी से हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वॉल पेपर हैं मतलब दो फोटो हैं वो भी हमारे ही हैं आप देख सकते हैं कि हमारे ही फ़ोटो लगे हुए हैं स्क्रीन पर भी हमारा ही फ़ोटो लगा हुआ है आपके लिए क्या करना है इन फोटो में से जो भी आपको लगाना हो वो आपके लिए राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको पता है ओपन भेज पर जाते हैं और नहीं तो आप सीधे पेंट में ले जा इसको खोल सकते हैं चाहे यहाँ से खोल लें चाहे वहाँ से इसको पेंट में ले जा कर आपको ओपन करना होगा फोटो के लिए वो फोटो को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बहुत बड़ा फ़ोटो आ गया आप सोचो इतना बड़ा फ़ोटो फोल्डर में कैसे लगाएंगे मतलब नहीं तो आपके लिए क्या करना रिसार्ज करना होगा यहाँ आना है पिक्सल पर पिक्सल पर आने के बाद आप हाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए लिखना होगा साट शार्ट लिखने के बाद यहाँ पे दोनों जगह शार्ट अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा उसको करना होगा ओके ओके करने के बाद आपके लिए जाना है सेव और करना है उसको सेव एज सेव करने बारे के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम लिख के आ गया है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे नाम डालने के बाद इसको डॉट लगाना है और लिखना है आई अरे वो आई नहीं यहाँ पे लिखना है आपके लिए आई और यहाँ पे लिखना है आपके लिए 24 फिट 24 फिट पर क्लिक करके बाद इसको कर देना सेव और फिर से आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो यहाँ पर दूसरा ऐड हो आ गया है वो भी हमारे नाम से हम चाहते हैं कि दूसरा फोटो तो आप दूसरा फोटो जितने भी हो उतने बना सकते हो हम यहाँ पर एक लेते हैं न्यू फोल्डर आप चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट एजेंसी न्यू फोल्डर ले सकते हो यहाँ पर भी हमें अपना एक नाम से फोल्डर बना देता हूँ मैंने यहाँ पे एक नाम से फोल्डर बना दिया है हमें लगाना है इसका आइकन मतलब इसमें फोटो लगाना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार में जाने के बाद यहाँ पे आता है कस्टमाइजेशन पर जाने के बाद ये कहता है आइकन आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ये ब्रोजर ब्रोजर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फ़ोटो आ रहे हैं मतलब तो हमारे वो फ़ोटो नहीं है हमें जाना है डेस्कटॉप पर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो फोटो क्रॉप किया था हमारा वो फोटो यहाँ पे आ जाएगा मगर आप देख रहे हो कि फ़ोटो नहीं आया ये गलती आपके पास भी हो सकती है इसी हमने ये फ़ोटो को नहीं बनाया था तो आप क्लिक करना फिर से उसी फ़ोटो पर राइट क्लिक करना है पहुँचाना है फिर से पेंट में अगर ये कभी आपके साथ ऐसा हो जाए नहीं आता हो तो आपको ध्यान देना होगा जो यहाँ पे सेव करते हैं तो सेव करते समय आपका इसको चीज़ को बहुत ध्यान देना होगा और यहाँ पे डॉट आई सी ओ का बहुत ध्यान देना होगा इसीलिए फ़ोटो आपका वो नहीं आ रहा था ठीक है इसको मैंने सेव कर दिया हम आप देख सकते हैं कि हमारा जो डी है वो यहाँ पर आ जाएगा मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ फिर से यहाँ पर जाता हूँ ब्राउजर पर ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दो डी आ रही है हमारा जो डी है वो भी हमारे यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो डीपी पी बनाया तब हमारा फोटो यहाँ पे आ गया यहाँ पे क्लिक करना है इसको करना है ओपन ओपन करने वाले इसको करना है ओके और कर देना है अलाउ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोटो है वो यहाँ पे फोल्डर बन के आ गया ये हमारे फोटो इनको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से हाँ ओके कर दे रहा हूँ यहाँ पे आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा फोल्डर ही ओपन हो रहा है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो ओपन होगा ये भी बारे फोटो ही है आप देख सकते हैं कि आपका हो गया कि ऐसा नहीं ऐसा कर दिया तो आप हमारा फोटो ही ओपन हो रहा है हमारा ये फोल्डर है तो फोल्डर ही ओपन होगा आप इस तरह से आप कोई सा भी फोटो आप अपने फोल्डर में लगा सकते हैं आपके लिए वीडियो कैसा लगा हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो आपके लिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें ज़रूर कमेंट्स करें तो हम देते हैं अलबिता जय हिंद दोस्तों जय हिंद